आपने होटल तो तरह तरह की देखी होगी पानी के अंदर आइस के अंदर पहाड़ों में जमीन के अंदर और मेरी खोपड़ी में जो कि है ही नहीं लेकिन एक ऐसी भी होटल जो हवा में है जो महीनों तक हवा में रहती है तो वो कौन सी होटल है तो जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले जी हाँ दोस्तों एक ऐसा होटल जो की हवा में है जो कभी भी नीचे नहीं उतरेगा ये है साइज क्रूजर जो ये एक लेन है जिसके अंदर स्विमिंग पूल शॉपिंग मॉल रहने के लिए होटल कैफेटेरिया हर एक चीज मौजूद है और कमाल की बात तो ये है कि ये महीनों तक नीचे नहीं उतरेगा जब तक क्रूज का फ्यूल नहीं खत्म हो जाता और इसे रिफरी करने के लिए दूसरे प्लेन का इस्तेमाल किया जाएगा जो इसमें पेट्रोल भरेगा और इसमें फूड का भी स्टॉक रहेगा फिलहाल बस इसका कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है